हमको मोदी सरकार के राज्य में हमको हाँ। लेटरिन मिला है हाँ। <laughs> बहन जी हाँ। देखिए मैं झूठ झपाड़ नहीं बोलने वाला हूँ हाँ। आम जनता है, आम जनता है। हाँ, हम आम जनता हैं बस भगवा ओढ़े लेकिन आम जनता हैं बताइए थैंक यू माय सिस्टर